सीधा जाना आ, सीधा जाओ। के लेफ्ट दो गेट आएंगे यार यार यार मेरे को यहां पे फील हुआ अब इधर से लेफ्ट हो लेफ्ट होकर होकर मत करो यार, प्लीज अच्छा नहीं लगता ना लेफ्ट होने के बाद ना अभी आप रास्ता पूछ रहे हो कि टच कर रहे हो बार बार दो गेट आएंगे ना गेट की साइड पे मुड़ जाना है? क्या अभी आप क्या कर रहे हो यार एड्रेस पूछ रहे हो क्या कर रहे हो